कितनी प्यारी बात है ना पत्नियां कभी भी अपने पति से पहले खाना नहीं खाती क्यों क्योंकि जब भी वैज्ञानिक कोई दवा बनाते हैं तो पहले चूहों और बंदरों पर परीक्षण किया जाता है आ,